मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो तो बड़े रेलवे स्टेशन हैं भोपाल रेलवे स्टेशन और हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसका नाम हाल ही में परिवर्तित करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है तो आइए आज जानेंगे कि कौन है रानी कमलापति और क्या है इनकी कहानी विद्या जी के टिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा अभिवादन स्वीकार करें आइए शुरू करते हैं कौन है रानी कमलापति रानी कमलापति एक आदिवासी गौंड रानी थी इनका विवाह गन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था उन्हें गौंड राजवंश की अंतिम रानी माना जाता है भोपाल में कमला पार्क उन्हीं के नाम पे रखा गया है वहाँ पे एक महल भी मौजूद है रानी कमलापति के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थी इतिहासकारों की बात माने तो भोपाल से लगभग साठ किलोमीटर दूर गन्नौरगढ़ था जहाँ के राजा निजाम चाहते उस वक्त भोपाल भी निजाम शाह के कब्ज़े में ही था लेकिन निजाम शाह का एक भतीजा था आलम शाह वो अपने चाचा की संपत्ति हड़पना चाहता था और कमलापति को भी अपना बनाना चाहता था आलम शाह ने रानी कमलापति को पाने के लिए एक दिन अपने चाचा के खाने में जहर मिला दिया जिससे निजाम शाह का निधन हो गया निजाम शाह की मौत के बाद आलम शाह ने राज्य पर कब्ज़ा कर लिया निजाम शाह की मौत के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ भोपाल के रानी कमलापति महल में रहने लगी थी लेकिन रानी कमलापति के दिमाग में अपने पति की हत्या का बदला लेने का चल रहा था ऐसे में रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी मोहम्मद खान उस वक्त अब के इस्लामपुर में शासन कर रहे थे अपनी रियासत की रक्षा और अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए रानी ने मोहम्मद खान से बदला लेने की सहायता मांगी लेकिन इसके बदले में दोस्त मोहम्मद खान ने एक लाख अशरफियों की मांग करी दोस्त मोहम्मद खान ने आलम शाह की हत्या तो कर दी लेकिन वादे के मुताबिक रानी को एक लाख अशरफियां देनी थी लगभग पचास हज़ार ही रानी दे पाई और बाकी बचे अशरफियों के बदले उन्होंने भोपाल का एक हिस्सा मोहम्मद खान को दे दिया जिससे उनका बेटा नवल शाह रानी का बेटा नवल शाह बिल्कुल पक्ष में नहीं आया और उसने दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ युद्ध किया नवल शाह की दुखद मृत्यु भी हो गई थी रानी कमलापति जिन्होंने अपनी पति की मृत्यु के बाद उसका बदला लिया और अपने भोपाल रियासत को भी बचा कर रखा रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी उन्हें न केवल उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है बल्कि अपने राज्य को बेहतर जल प्रबंधन और बड़ी संख्या में पार्कों मंदिरों की स्थापना के लिए भी जाना जाता है तो ये थी रानी कमलापति जिन्होंने अपनी रियासत को बचाने के लिए अपना परिवार भी दाव पर लगा दिया हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी के नाम पर रखने पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत खुश हुए और उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि रानी कमलापति के नाम पे रखना बहुत ही संतोष और आनंद का विषय है तो ये थी कहानी पर्सन इन न्यूज की अब आपके लिए क्वेश्चन है आपको बताना है की मध्य प्रदेश में गौंड के अलावा और कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है मिलते हैं ऐसे ही है एक इम्पोर्टेंट वीडियो में धन्यवाद